साथियों नमस्कार मैं आप सभी सम्मानित श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिथुन राशि के जो हमारे स्पेशली जातक ये वीडियो देख रहे हैं अप्रैल माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में जी हाँ अप्रैल का यह माह मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या खुशियाँ लेकर के आया है क्या नई सौगात लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ अप्रैल माह को आप लोग कैसे प्रभावी बनाए इन विषयों पर भी प्रकाश डालेंगे माह को शुभ बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग आप लोगों को बताएंगे आगे बढ़े दर्शकों तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी राशिफल आपका किस पर आधारित है तो हमारा प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है जी हां देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवाया के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाचरे जन्म राशि प्रधान तुम तो नाम राशि ना चिंता है तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि आपको जन्म राशि की ही प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए यदि आपको भी आपकी वास्तविक राशि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ बर्थ का समय और बर्थ का स्थान कहां पर आप पैदा हुए हैं ये आप लोग ड्रॉप कर दीजिए हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि हम आपको आपकी वास्तविक राशि से अवगत कराएं बस आपको केवल अपनी डी टाइम एंड बर्थ प्लेस ये तीन चीज़ें आपको डालनी रहेगी दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले एक जानकारी हम आपको और देते तमाम लोग हमारे सामान्य दर्शक राशिफल को बड़े ध्यान से देखते हैं और उनके साथ कुछ घटनाएं नहीं घटित होती है तो उनका मन बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा ये रहता है कि अरे राशिफल गलत हो गया देखिए राशिफल बिल्कुल नहीं गलत है राशिफल बिल्कुल सही बना है ग्रह गोचर सितारे अप्रैल माह में जिस जिस जो है भाव में गोचर करेंगे उनके आधार पर बना है इसमें कहीं कोई गलती नहीं है गलती कहा है फिर गलती ये है कि देखिए करोड़ों लोगों की मिथुन राशि है अब करोड़ों लोगों में आप भी हो गए आपको यदि वास्तविकता जाननी है आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है तो आपने जब जन्म लिया होगा जिस समय पर लिया होगा जिस तिथि में लिए होंगे जिस जगह पर लिए होंगे उसके आधार पर एक बर्थ चार्ट बनता है और उस बर्थ चार्ट के आधार पर ज्योतिषी अध्ययन करते हैं उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं इनके बारे में बताते हैं तो दर्शकों यदि आपको भी आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं फ़ोन कॉल उठता है तो ठीक है छः बजे के बाद शाम को नहीं उठता है तो आप लोग कोशिश कीजिए WhatsApp पर मैसेज भेज दीजिए और प्रॉपर आप जो है पूछ सकते हैं कि क्या फीस इत्यादि है आपको बता दिया जाएगा यदि आप अक्षम हैं नहीं दे सकते हैं तो संडे रात्रि दस से ग्यारह बजे हम लाइव होते हैं वहां पर आकर के आप पूछ सकते हैं अपने कुंडली से जुड़ा हुआ कोई एक प्रश्न तो दर्शकों बढ़ते हैं हम अपने अप्रैल माह के राशिफल में अप्रैल माह का राशिफल जो रहेगा पहले स्टार्टिंग में हम आपको ओवरऑल बताएंगे कैसा रहेगा उसके बाद हर एक विषय को जो है प्रकाश डालते हुए फिर अंत में उपाय की ओर चलेंगे तो अप्रैल माह का जो ये राशिफल रहेगा तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखिए अष्टम भाव से शनि की दृष्टि आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है बनाएगी तो करियर के लिहाज से काफी उतार चढ़ाव भरा ये माह रहेगा जिससे आपको पूरे महीने ही दो चार होना पड़ेगा यह महीना प्यार के मामले में मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा यदि आप विवाहित हैं जी हाँ ध्यान से सुनिएगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह हो सकती है थोड़ी सी हलचल हो सकती है पार्टनर के साथ जिसके कारण मन आपका थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा थोड़े से परेशान हो सकते हैं आर्थिक तौर पर यदि बात की जाए तो इस महीने कुछ चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं क्या प्रतीक्षा कर रही हूं हम आपको आगे बताएंगे साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल का महीना आपके अधिक अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है अप्स एंड डाउन स्वास्थ्य में हेल्थ के दृष्टिकोण से लगा रहेगा इस माह माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा हालाँकि बीच बीच में पिताजी को थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तकलीफदायक हो सकती है दे सकती है बढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ये कैरियर एवं व्यवसाय तो मिथुन राशि के जातकों को कैरियर एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अप्रैल का यह माह तो देखिए माह के पहले सप्ताह में मिथुन राशि के जातक एवं जातिकाओं को करियर एवं व्यापार के क्षेत्रों में पीछे मुड़ने मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहेगी मतलब ये रहेगा कि जो भी ये कैरियर बनाना चाहते हैं उस कैरियर में ग्रोथ करेंगे आगे जाएंगे इनका रोज़गार बढ़ेगा किसी नए रोजगार का सृजन हो सकता है पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं कर सकते हैं क्योंकि आपके जो ग्रह रहेंगे आपको शुभ सकारात्मक संकेत यहाँ पर स्पष्ट दे रहे हैं लेकिन माह के दूसरे सप्ताह में आपको अपने संबंधित करियर व व्यापार में कठिनाइयों की स्थिति हो सकती है कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है दर्शकों माह का तीसरा सप्ताह भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण भरा रहेगा आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपके पक्ष में नहीं आएगा जिससे मन आपका बड़ा डिप्रेशन में रहेगा आप यदि कोई पेपर देने जा रहे हैं एग्जाम देने जा रहे हैं या आपने कोई इंट्रेंस एग्जाम संबंधी पेपर दिया है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन यदि यही रिजल्ट माह के अंतिम सप्ताह में आया तो यकीन मानिए दर्शकों कैरियर में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी और आपके करियर में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा कैरियर के निर्माण में अच्छी प्रगति माह का अंतिम सप्ताह ले करके आया है तो मिथुन राशि के जातकों जो लास्ट में उपाय बताएंगे आप लोग जरूर कर लीजिएगा वहीं बढ़ते हैं प्रेम एवं जो आपके प्रेम संबंध रहेंगे वैवाहिक संबंध रहेंगे कैसे रहेंगे मिथुन राशि के जातकों अप्रैल माह के पहले सप्ताह में जो जातक और जातिकाएं हैं मिथुन राशि की प्रेम संबंधों में आपके जीवन साथी से आपको सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिससे सकारात्मक बातों का दौर जारी रहेगा जी हाँ किसी नए प्रेम का प्रादुर्भाव आपके जीवन में हो सकता है या अभी तक आप सिंगल थे तो, तो डबल होंगे साथ ही साथ यदि आपका रिलेशनशिप ब्रेक था तो वापस पुनः उसी रिलेशनशिप में आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन माह के दूसरे सप्ताह में आपको कुछ आपके प्रेमी के ऊपर शक होगा और आपके व्यवहार से उनके मन में कुंठा का स्तर गहरा सकता है माह के तीसरे सप्ताह से आपके संबंधों को संभालने में लगेंगे जिससे शुभ परिणाम आपको इस माह के अंतिम सप्ताह में दिखाई देंगे जो विवाह योग्य व्यक्ति हैं या जो विवाह योग्य जातिकाएं हैं उनका विवाह भी जो है विवाह के बंधन में या उनके विवाह का रिश्ता तय होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेम विवाह होने के भी बहुत अच्छे योग हैं वित्तीय स्थिति की ओर चलते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं इनकी फाइनेंशियली स्थिति क्या रहेगी कितना पैसा आखिर में आप लोग कमाएंगे तो अप्रैल माह के पहले सप्ताह में मिथुन राशि के जातक अपने धन लाभ की गति को और तेज करने के बारे में ये सोचते रहेंगे आपकी यह सोच इस दौरान सफलता में तब्दील होती रहेगी अर्थात अच्छे धन लाभ के अवसर मिथुन राशि के जातकों को विद्यमान रहेंगे मिलेंगे इस सप्ताह इस माह के दूसरे सप्ताह में यद्यपि आपके व्यय का स्तर और अधिक रहेगा आपका धन अधिक खर्च होगा अचानक से आपके कोई रिश्तेदार आपसे उधार मांग लेंगे तो आप उनको उधार देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शादी तथा निर्माण कार्यों के लिए धन कहीं से उधार आपको लेना पड़ सकता है साथ ही साथ देखिए पैसा आपके पास आएगा और पैसा दुग्ने वेग से जाएगा तो आपके घर में कोई शादी या कोई मांगलिक कार्य हो सकता है उसमें आप पैसा किसी को जो है कहीं से उधार भी लेना पड़ सकता है और किसी को आप उधार दे भी सकते हैं माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह आपके इकोनॉमिक सिस्टम से यदि हम बात करें अर्थ के दृष्टिकोण से बात करें पैसों के दृष्टिकोण से बात करें तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा मिथुन राशि के जातकों आपका शिक्षा कैसा रहेगा एजुकेशन कैसी रहेगी तो माह के पहले सप्ताह में मिथुन राशि के जातक एवं जातिकाओं को अपने शैक्षिक पहलुओं को मजबूत बनाने के लिए कई नायाब अवसर मिलेंगे आपको आपके टीचर्स का गुरुजनों का साथ मिलेगा जिनके कारण जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आप भूले थे उसको आप लोग जो है फिर से पुनरावृत्ति करते हुए दिखाई देंगे आपको सारी चीज़ें स्मृति होगी परीक्षा व शिक्षा से के संबंधित प्रयासों में आपको कामयाबी मिलेगी यदि माह के दूसरे सप्ताह में भी आप अपने ध्यान को पढ़ने में लगाते रहेंगे फालतू के विचारों में ऊर्जा को व्यय नहीं करेंगे तो माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह में शुभ व सटीक परिणाम आपको मिलकर ही रहेंगे उच्च शिक्षा के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं आपका कोई रिजल्ट बाहर विदेश में पेंडिंग है आपके पक्ष में आ सकता है साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स जो हुए हैं इनके यदि रिजल्ट आ रहे हैं अप्रैल के एंड तक तो आपके पक्ष में ही आएंगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की ओर आप लोगों का हेल्थ कैसा रहेगा तो देखिए माह के पहले सप्ताह में मिथुन राशि के जो जातक रहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही करते हुए नजर आएंगे इनका खान पान अच्छा नहीं रहेगा जंक फूड की तरफ अनायास ये लोग आकर्षित रहेंगे परिणामता इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इनमें हानि हो जाएगी जिससे आपके शरीर में पीड़ाएँ उभर सकती हैं आपको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम पेट के संबंधी कोई समस्या गैस इत्यादि की समस्या आ सकती है हालांकि मां के दूसरे सप्ताह में आप पुनः अपनी सेहत का ध्यान देते हुए दिखाई पड़ेंगे कोई यदि छोटी सी बात हो जाए तो आप लोग प्रयास करिएगा कि चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिएगा जिससे आपका जो शरीर रहेगा ये अच्छा रहेगा और आपको ऊर्जा मिलेगी रोग बीमारियों से छुटकारा माह का अंतिम सप्ताह मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो दर्शकों वाहन भी आपको सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा इस माह कोई दुर्घटना होने के योग है हालांकि दैवीय रूप से आपका बचाव भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मिथुन राशि के जातकों इस माह को अनुकूल और प्रभावी बनाने के लिए आपको उपाय क्या करने हैं तो देखिए जो उपाय हम बताने जा रहे हैं यदि श्रद्धा पूर्वक आप इन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छे फल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा देखिए शनि की ढैया चल रही है तो आप लोग ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करिए मंत्र एक बार पुनः आप लोग सुन लीजिए ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमा इस मंत्र का आप लोग डेली जो है 108 बार जाप करिए साथ ही साथ प्रतिदिन यदि हो सके तो एक कोई छोटा सा बिस्किट ले लीजिएगा जैसे दो या पाँच वाला पार्ले ही आता है और इसको आप लोग कुत्तों को देना स्टार्ट कर दीजिए शनिवार वाले दिन शक्कर मिश्रित आटा ये आप लोग चीटियों को जो है डालें जी हाँ चीनी मिला लीजिएगा आटे में और पीपल के पेड़ के पास तमाम चीटियाँ रहती हैं इनको आप लोग जो है प्रतिदिन यदि आप जो है शनिवार वाले दिन सप्ताह में एक दिन डालते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा डेली है। डालते हैं तो धन लाभ अच्छा होगा अंतिम उपाय बताने जा रहे हैं गणपति अथर्व सीड्स का पाठ आप लोगों को प्रतिदिन करना रहेगा यदि हो सके तो संडे वाले दिन अपनी हाइट के बराबर एक लाल धागा जिसको मौली बोलते हैं कलावा बोलते हैं जो कि हाथ में बांधा जाता है इसको ले लीजिएगा और शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को आप लोगों को अपने हाथ में बांधना होगा आपका जो है दैवीय रूप से बचाव होगा ये छोटे छोटे उपाय आप कल डालिएगा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा तो मिथुन राशि के जात हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ दर्शकों यदि आप पुराने हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में जम करके शेयर कीजिए यदि आपको अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार